हेलो फ्रेंड द गल्फ़ टेक्निकल में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेंडम लिफ्टिंग के बारे में है टेंडम लिफ्टिंग वो लिफ्टिंग है जो एक लोट को दो किरण उठाए जब हम दो किरण से एक लोट को उठा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें कैपेसिटी कैसे पता होगा तो आज इस वीडियो के अंदर मैं वही चीज़ को मैं बताऊँगा कि उस लोड का कैपेसिटी हम कैसे जाने तो इस वीडियो में आप शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें आपको समझ में आए टेंडम लिफ्टिंग के बारे में हम थोड़ा सा और जानते हैं कि जब भी हम कोई भी ऐसा लिफ्टिंग करते हैं जहां पर कोई किरण का कपेसिटी नहीं बन रहा या कोई इतना लॉन्ग मटीरियल है या हम कुछ इस तरीके का कोई ऐसा लॉन्ग डिस्टेंस का मेटीरियल है तो वहाँ पर हम टेंडम लिफ्टिंग का इस्तेमाल करते हैं या वहाँ पर कैपेसिटी नहीं बन रहा है या वहाँ पर कंपनी के पास दो पचास पचास टन का किरेन है तो उस जगह पर हम टेंडम लिफ्टिंग को इस्तेमाल करते हैं लेकिन ज़्यादातर आपको कैपेसिटी के बारे में पता होना चाहिए कि टेंडम लिफ्टिंग के दौरान हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेशन में हमें क्या क्या फार्मूला uh, यूज़ करना होगा जो फार्मूला मैं आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें और फिर मिलते हैं आपको प्रैक्टिकल में आप प्रैक्टिकल वीडियो ज़रूर देखें हेलो फ्रेंड जैसा मैंने आपको प्रैक्टिकल में मैं बताया कि आपको एक प्रैक्टिकल बताऊँगा ये है टेंडम लिफ्टिंग जैसा आप देख रहे हैं ये टेंडम लिफ्टिंग प्लान है आप इसका लोड कैल्कुलेशन हम किस तरीके से करेंगे जैसा आप देख रहे हैं ये एक लंबा लेंथ 12 मीटर का कोई लेंथ का जो लोड है आपका जो लेंथ है इसका 12 मीटर है इसका जो वेट है 20 टन है तो हम कैसे जानेंगे कि किरण ए पर कितना लोड जाएगा और किरण बी पर कितना लोड जाएगा तो हम किस तरीके से इसका कैलकुलेसन करेंगे तो सबसे पहले आप देख रहे हैं बारह मीटर है तो जिसका जो हुक जो डिस्टेंस है वो छः मीटर और छः मीटर तो इसके अंदर जब हम कैलकुलेशन करेंगे किस तरीके से करेंगे जैसा आप यहां पर देख रहे हैं 20 टन आपका मटेरियल वेट है और 6 मीटर ये है आपका जो वैल्यू है ये आएगा 120 120 को हम जब डिवाइड करेंगे 12 से जब हमको टोटल करना पड़ेगा तो जब हम टोटल करेंगे तो आएगा 10 टन मतलब 20 टन का मेटीरियल है इसके ग्रेविटी के बीच में अब ये देख रहे ग्ररेविटी लोगों ग्ररेविटी के अब बीच में से देख रहे हैं यहाँ पर 6 मीटर और यहाँ पर 6 मीटर जिसके कारण यहाँ पर इस क्रेन पे 10 टन और इस क्रेन पर 10 टन गया है क्योंकि जब भी कोई टेंडम लिफ्टिंग होता है वो सडनली डायरेक्ट ऐसा उठा कर और किसी टेलर पे रख दिया जाता है इसको ना कि टेढ़ा किया जाता है ना कुछ इस तरीके से अगर आपका वेट कभी यहाँ पर अगर हम लोग सिलिंग लगाए तो वहाँ का भी हमें कैलकुलेशन कर लेना चाहिए उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊँगा तो ये हम किस तरीके से करेंगे इसका कैलकुलेशन तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं सबसे पहले 20 टन हम लोग ने मटेरियल का वेट डाल दिया उसके बाद मल्टीप्लाई 6 मीटर यहाँ से जो 6 मीटर है 6 मीटर किए तो उसका जो वैल्यू है 120 आया जब हम 120 को डिवाइड करेंगे पूरे मीटर से जैसे हमारा ये जो बारह मीटर का जो लोड है हम उसको टोटल करेंगे 12 मीटर जब हम देखेंगे कि 10 टन का हमारा वेट कैपेसिटी आ चुका है तो आप कुछ इस तरीके से टेंडम लिफ्टिंग कैलकुलेशन कर सकते हैं आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि उसमें टेलिंग लिफ्टिंग का कैलकुलेशन आप किस तरीके से करेंगे जैसा आप देख रहे ये टेंडम लिफ्टिंग है टेंडम लिफ्टिंग में इस तरीके से करेंगे किरेन ए करन बी आप इसका लोड का देख रहे हैं कितना लेंथ है आप पूरा टोटल ले लेंगे इसके पहले सबसे पहले आपको ग्रेविटी देखना होगा मटेरियल के ग्रेविटी से डिस्टेंस कितना हुक का है आप कुछ इस तरीके से देख लें और इस ग्रेविटी से इस मटेरियल का हुक डिस्टेंस कितना है तो आप कुछ इस तरीके से आप इसका सेम कैल्कुलेशन कर सकते हैं अगर इस किरेन का हुक डिस्टेंस यहाँ पर तीन मीटर है तो आप तीन मीटर डालिए सेम कुछ इस तरीके से जैसे ये हमारा 20 टन का लोड है 20 टन के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 मीटर अगर आपका नहीं है यहाँ से डिस्टेंस तो आप इसको 3 मीटर ले लीजिए आपका जो वैल्यू आया 60 आया 60 वैल्यू को हम लोग डिवाइड करेंगे 12 मीटर से तो ये आपका 5 टन आया वेट क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है ये कम है लोड भाग्य इस तरफ इसके पास ज़्यादा वेट जाएगा तो कुछ इस तरीके से हम लोग टेंडम लिफ्टिंग का कैलकुलेसन कर सकते हैं जैसा मैंने आपको प्रैक्टिकल में बता दिया अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है आप वीडियो के अंदर कमेंट जरूर करें आप ये देख रहे ये कैलकुलेशन आप ये ज़रूर याद रखें 20 टन का जो मटेरियल है और 6 मीटर आपका जो डिस्टेंस है उसका जो वैल्यू आया वन आया और वन को हम लोग डिवाइड करेंगे बारह मीटर से जो टोटल तो, जो उसका लेंथ है और उसके बाद हम लोग दस टन डालेंगे इसका मैं कैलकुलेशन अलग अलग इसलिए नहीं किया क्योंकि कि सेम डिस्टेंस है एक किरण पर भी वेट सेम आएगा और किरण बी पर भी लोड सेम आएगा तो इसके लिए मैंने डिफरेंट नहीं किया और मैंने इसके लिए इसको रेडी करके रखा हूं ताकि आपको समझा सकूं थोड़ा और अच्छे से तो आई होप इस वीडियो में आपने समझ गए अगर समझ गए तो इस वीडियो को लाइक ला, और शेयर जैसे जरूर। ये प्रैक्टिकल देखा आई होप इस प्रैक्टिकल से आप बहुत कुछ सीखे टेंडम लिफ्टिंग का कैलकुलेशन हम लोग किस तरीके से करेंगे तो जैसा आपने इस प्रैक्टिकल वीडियो में आपने देखा कि कैलकुलेशन हमने इस तरीके से किया तो आप इसको प्रैक्टिकल में ज़रूर ले और लोगों तक शेयर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें